छतरपुर में एक सब इंस्पेक्टर ने जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की है जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसका इलाज जारी है वहीं एसआई के परिजनों का आरोप है कि एसआई को एक महिला ब्लैकमेल कर रही थी जिसके चलते उसने ऐसा कदम उठाया छतरपुर में एसआई आई के ठाकुर ने जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी खुद करने की कोशिश की है जिसके बाद उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है वही परिजनों का कहना है की उन्हें एक महिला ब्लैकमेल कर रही थी और महिला को एस ने रुपए भी दिए थे लेकिन वह लगातार परेशान कर रही थी और शायद इसी के चलते एसआई ने ही कदम उठाया है गौरतलब है कि एसआई के खिलाफ एक महिला ने एसपी को आवेदन दिया था कि एसआई ठाकुर ने उसे रिलेशनशिप में रखा और उससे शादी का झांसा देकर उसके साथ अवैध संबंध बनाया और जब वह पुलिस लाइन में तो शादी से इनकार कर दिया वही इस मामले में एस का कहना है की उन्हें जानकारी लगी है की एस ने कुछ जहरीला पदार्थ खाया है फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है भी ले उसने यार आ, कर रही है वही की वजह से सब हो रहा कुछ खाया है, हम हम सामने नहीं खाया, तो हम का जी छतरपुर जिले में एक सूचना प्राप्त हुई है जहां पे एक सब इंस्पेक्टर के द्वारा जहर या जहरीले सेवन का सेवन किया गया है इसमें अभी तक की जो जाँच है उसमें सामने आया है की उनका उनकी पत्नी के अलावा शायद किसी और से भी संबंध है उससे शायद जो भी स्थितियां परिस्थितियां रही हो उसके शायद किया हो परंतु उनके द्वारा ऐसा कोई लेख बयान नहीं किया गया है यदि वो किसी भी प्रकार की शिकायत करते हैं और वो संगी अपराध की श्रेणी में आता है तो विधि संबद्ध कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित करेंगे वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं सत्य का अन्वेषण दखल न्यूज